लेदर पहनने वालों को हमेशा ये दुविधा रहती है कि उनके वजह से कितने जानवरों को मरना पड़ता है और आजकल जानवरों के बारे में अवेयरनेस के चलते बहुत लोग वीगन लेदर स्विच कर रहे हैं भले ही आजकल प्लांट बेस लेदर्स बन रहे हैं जो कैक्टस, मशरूम पाइन मैंगो और अन्य ऐसे प्लांट से बनते हैं लेकिन वो अभी तक ना ही कमर्शली अवेलेबल है और ना ही उस दाम पे अवेलेबल है की आम आदमी उसे खरीद पाए ये देखे लेदर ऑप्शन में हमारे पास दो ही विकल्प अवेलेबल है एनिमल लेदर और सिंथेटिक लेदर पेट्रोलियम से बनता है आइए है है? जानते हैं Synthetic leather को artificial leather, vegan leather, प्लेदर PU leather, faux leather और imitation leather भी कहा जाता है इसमें आप ये दो टर्म्स हमेशा देखेंगे पीयू और पीवीसी पीयू एक टाइप का प्लास्टिक है जो सिंथेटिक लेदर बनाने के लिए सबसे अहम रॉ मटीरियल है इसमें पॉलिस्टर फैब्रिक्स को गोंद के साथ मिक्स किया जाता है और उसमें और केमिकल्स और पेट्रोलियम ऐड करके उसका मिश्रण बनाया जाता है जिसका अल्टीमेटली एक फैब्रिक बनता है अब पी की बात करें तो ये रॉ मटीरियल कच्चे तेल पेट्रोल और गैस से उपलब्ध किया जाता है जिसे और केमिकल्स के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है अब बात करते हैं प्रोसेसिंग की एक अच्छी बात यह है कि सिंथेटिक लेदर में लेदर के मुकाबले कम प्रोसेसिंग होती है अब देखिये ना लेदर में चमड़े के टैनिंग प्रोसेस में बड़े सारे केमिकल्स का उपयोग होता है जिससे टैनरीज में काम करने वाले लोगों को भी खतरा है और जब ये केमिकल्स नदियों और नहरों तक पहुँचते हैं तो ना ही सिर्फ हमारे लिए बल्कि पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी हानिकारक है एक चीज जो लेदर को सिंथेटिक लेदर से बेहतर बनाता है वो ये है कि जहाँ सिंथेटिक लेदर को 500 साल लग सकते हैं ब्रेक डाउन होने के लिए वहाँ लेदर को केवल 50 साल लगता है लेकिन कम से कम सिंथेटिक लेदर के प्रोडक्शन के लिए करोड़ों जानवरों को मरना तो नहीं पड़ता अब आप सोच रहे होंगे कि अगर, अगर अवेलेबल ऑप्शन में से दोनों ही ऑप्शन किसी न किसी तरीके से हानिकारक है तो क्या किया जाए अगर आपने ठानी ली है की आपको लेदर जैकेट पहननी है तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते है एक बैट और एक वर्ष और जाहिर सी बात है कि बैड चुनना वर्ष चुनने से तो बेहतर है लेकिन अगर आपको दोनों ही नहीं चुनना है तो आपको अपने चॉइसेस के ऊपर जाकर अपने चॉइसेस के इंपैक्ट को कंसिडर करना होगा